तो स्वागत है गाइस एक वीडियो में मीम्स मीम्स मीम्स जो मजेदार होते हैं जो धंसने लायक होते हैं जो हमारे इंडिया को प्रेजेंट करते हैं तो देखने जरूर है आप सभी को लास्ट तक बनी रहेगा कर सकते अच्छा भाई नहीं देगा तो और अच्छा में तुमने कपड़े महंगे पहने डायमंड हाँ। कर रहा है अपनी खूबसूरती पे नहीं इतना घुटना अच्छा है तुम बात इसने पता तो की बोली लड़कियों को लेने भी आते थे और घर छोड़ते दे थे ना बात तो सही है तो इस हिसाब से तो मैं भी तेरा बाप ही हुआ भाई क्योंकि मैं भी तो जो रोज घर लेने आता हूँ घर छोड़ने जाता हूँ <laughs> बात तो है उसने पति की कही मतलब कोई भी दोस्त यार अपनी मारता भी अपनी लेता भी है और बचाते भी है और दोस्ती पे यार जितने शब्द है उतने इसी बात पे लाइक कर दो बात तो सही है मुझे तो याद है मथिरा ने एक बार टी शर्ट पहनी हुई थी उनकी टी शर्ट का एरोप्लेन बना हुआ था ना तो तुम एरोप्लेन को देखे जा रहा हूं देखे जा रहा हूं मुझे मथुरा तुमने कभी एरोप्लेन नहीं देखा मैंने एरोप्लेन तो देखा लेकिन ऐसा एरोप्लेन नहीं देखा गाय समझ रहे एयरपोर्ट तो उसके पास ही ही ही था के लो एरो, एरो एरो भी उसने था वाला भी उसने पहना समझने के लिए इशारा काफी है, है। कार्तिक आर्यन का ये क्लिप ध्यान से देखिए उनकी वॉक को गौर से देखिए और नोटिस करिए कि वो कैसे बड़े बड़े कदम ले रहे हैं उनके हर कदम पे उनके जो टोज हैं वो बाहर की तरफ पॉइंट कर रहे हैं बात तो सही है और दोस्तों ये एक बहुत जबरदस्त तरीका है अपने कॉन्फिडेंस को पोर्ट्रे करने का अच्छा क्योंकि जब आप अपने पैरों को दूर करके खड़े होते हैं तो ऐसा लगता है कि आप ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं जिसकी वजह से आपका बॉडी लैंग्वेज बहुत ही कॉन्फिडेंट लगता है समझ गया आप तो इसकी बात सुनकर ऐसा लग रहा था यार कि यार हो गया चलने का वॉक हो गया सब क्या इमरजेंसी करे अपना कुछ स्टाइल नहीं है अपने कुछ टैलेंट नहीं है ऐसा चलोगे दूसरी की बात सुनोगे सब तो लोग यही कहेंगे हो गया पागल हो गया लौंडा क्या हो गया किसी के सुनो, सुनो और जो है मनोही करो बात तो सही है जैसे मैं कर रहा हूँ वीडियो बना रहा हूँ जैसे ब्लू आईज में आप लड़की जो है लोलीपॉप तो तो तो वो वो जो लॉलीपॉप लॉलीपॉप लॉलीपॉप था था। आप घर ले आए? <laughs> मैंने उसको दूसरा दे दिया था। <laughs> <तुँ संद्या? laughs> तो पाजी सर ने सही कहा जिसको खत्म हो जाए उसे अपना दिल के लॉलीपॉप दे दो दुकान से लेके दे दो मीनिंग समझो उल्टा जिसको दो समझने समझो बनी पाजी के लिए यार उनके लिए तो यारम ये शब्द कहना अच्छा दिया है बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या क्या कर सकता कर तो तुम बहुत कुछ सकते हो है मैं तुम्हें मतलब यार स्टार बनने के लिए यार रात गुजारना होता है काश तो में भी डायरेक्टर होता प्रोड्यूसर रहता तो मेरे भी कितने रात रंगीन होते ऐसा कुछ है नहीं यार और बढ़ने की कोशिश करेंगे हम अदर फ्यूचर कुछ भी हो सकता है आपके साथ भी हो सकता है आप भी बन सकते हैं मैं भी बन सकता हूँ तो एक दिन में, सपने में सोचूंगा जरूर चुप करते शादी बचाओ फाउंडेशन आपकी सेवा में हाजिर है मैं सब सॉर्ट कर दूंगी अच्छा आ, पर आप दो मिनट के लिए ये मान लीजिए की मैं आपकी बाइक दो मिनट में फिर क्या होगा कोई से समझाओ यार स्टेम बढ़ गया है यार यारीत खा लेगा वाइगरा खा लेगा और काम पच्चीस कर देगा और नौ महीने बाद खुशखबरी भी आ जाएगी ऐसा हो गया कपिल शर्मा की दो दो या तीन तीन दिन जो भी यार समझ जाओ हिपोक्रसी की भी सीमा होती है oh, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, I सोचो यार लड़की कैसी करी रहेगी इसके हाथ में कौन दे दिया केला और बौरा गई होगी पायल हो गई रहे यार क्या इसका हाथी का इतना ही पसंद था कि उसने खोल के या छू के देखने की कोशिश की और एक्चुअली में वो लड़की लिख ली मिल गया उसे धोखा मैं इमेजिन करो यार हाथी का इसका भी कोई लड़का रहता दे देता उसके हाथ में सौ नंबर की बत्ती <laughs> समझ रहे हो so, रुको जरा सबर करो औरत के चक्कर बंद करो हाथ जोड़ के मैं ये बात मैं दिल से कह रहा हूँ यार अब भी चे लड़की के सगने से बाहर आया हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है माइंड फ्रेश लग रहा है टेंशन नहीं कुछ नहीं गिरा वगैरह वगैरह कुछ नहीं हाँ थोड़ी कमी खल रही है लड़की की कोई बात नहीं रिकवर हो जाएगा सब ऐसे चक्कर में ना गिरी है ठीक है हम है इंटरटेनमेंट के लिए सब्सक्राइब भी कर दो फटाफट चलो ऐसा लगा मेरा मजाक <laughs> <laughs> कोई अपने गर्लफ्रेंड से जैसा कैसे कर सकता है? ये कैसे? कर दिया? को उसने दिया बंदर जैसा कोई पीछे से आके उसको दे किसको खबर नहीं गिरेगी सोचो मैं तो सोच <laughs> तब तो उछला यार आज हद पार कर दी क्यों क्या हुई ने पैसे दिया लैपटॉप गिर भी रख दिया आप शांत हो जाइए अरे कैसे सच तो तो गलती मेरी है। मगर क्यों? शिक्षा तो मैं ना? नहीं नहीं बीड़ा तो अपने आप को दोष मत दे। गलती हमारी है कि हमने हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए तेरे पास भेजा तो बात अगर करनी है कि आएगी की तो यार यारिड़े की तो तोड़ सिर्फ किसी का अधिकार नहीं भगाने की भीड़े की <laughs> ये एपिक है यार मोमेंट इस पे तो यार क्या कहना कुछ शब्द है मेरे पास बस वो कहना नहीं चाहता मैं कि कम हो जाएगा यार नेक्स्ट नेक्स्ट अनुराग जिम से यार क्या आ, तो क्यों नहीं आज? आया आया आया था? नहीं, नहीं था था? अच्छा। था था नहीं नहीं आज कुछ कह रहा था बारे? रहा रहा मेरे में ये पूछ क्या लेते तो तूने बोला? बोला मैंने बोला, भाई, अभी मैं ले पा रहा। अच्छा पता मुझे 40 रुपए चाहिए 40 रुपए? बोला जा डाइट लेके तो फिर फिर मैंने बीत के अकेले तो... क्या बात है सर अच्छा। क्या बात है सर ऐसे लोग यार हाँ जो यार जिम जाते केला खाते हो सिगरेट पीते और सपने देखते लो जैसी बॉडी बन जाएगी नहीं बनेगी यार जिम में जाओ मेहनत करो वो तो करते है केला भी तो खा रहे बस सिगरेट भी पी रहे समझ में नहीं आ रहा है और अच्छी सी बॉडी बनेगी ठुक रखे मेरा प्यार फिर इंतकाम दिखेगी ये गाना बजाओ गाने में ठीक है लेको अच्छा मैं आपकी बात बताऊ पहले अगर मैं अपनी बात करूँ ना पहले मेरी इंग्लिस कमजोर थी फिर मैंने इंग्लिश फिल्म शुरू कर दिया लेकिन कमजोर होगी मस्त जोक हाँ। <laughs> ये तो ये हाथ पति की यार इंग्लिश पिक्चर देखते देखते नीचे चले जाते कुछ समझ में आता ही नहीं और फिर हो जाता है जो होना नहीं चाहिए और फिर इंग्लिश सुधर जाती है और नीचे का भाई मामला ही कुछ बिगड़ जाता है ऐसा कम होना चाहिए बोल समझ गए आगे बढ़ो कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाती अगर आप टीचर होती तो साइकोलॉजी आप ऐसे मतलब किसी से बात करती तो आप साइकोलॉजी पकड़ लेती है किसी आदमी मतलब मुझे पता चलता है कि दिमाग में क्या चल रहा है बताओ गिदर? अभी मेरे दिमाग में क्या चल रहा है <laughs> <laughs> वो ही चलना है जो शादीशुदा आदमी के दिमाग में नहीं चलना चाहिए ये बात तो है मर्द को मर्द पहचानता है पता है <laughs> तो बात पते कि यार डबल मीनिंग बात है और मर्द की फीलिंग समझ सकता है ये तो बात कहिए कपिल शर्मा से हम लोग सीखते क्या सभी सोच है की और और तेरी तो <laughs> बंदी का बर्थडे आता है इतने सारे तोहफे देता है पार्टी देता है इतना सब कुछ करता है, आज का है। मुझे बात तो सही है भाई तेरे तेरे को को सबसे दुनिया की हसीन चीज मैं तो तेरे को भी था। क्या देखे? सामने वो ऑडी दिख रही है हाँ, की? हाँ, बस उसी कलर का सेम मेरा लुक है वो क्या देख लो भाई हम लड़के हैं ना हमारे साथ ऐसा ही होता है मैंने इसमें एक लाइन कहा था कि दोस्त दोस्त ही मारता है है दो, है दोस्त का देता और ये भी बिल्कुल शॉट यार बंदी के सामने इसने कर दी भाई मुझे तो अच्छा लगा नहीं और इसको भी अच्छा लगा नहीं रहेगा बाद में जाके इसकी बंदी को इसने के। भाई फिर देखा के मेरी मेरा देखेगा <laughs> ऐसा हो गया तो भाई बहुत मजा आ जाएगा <laughs> <Next>. <laughs> यार साइकिल ले रहे तुम लोग नाव लेके जाना जमा होगा यार कोई से जाओ पहुंचा दो सही रहना मत हाँ ऐसा मत करो यार से रस्ते से खाओ पिओ खुद तुझ जाओ और तुम हरकत नहीं करोगे तो हम लोग देखे जरूर करो आई एम सपोर्ट यू पानी पतन करो पानीपत का युद्ध लगभग आज से चार सौ साल पहले लड़ा गया था युद्ध बहुत ही खतरनाक था इतनी भगदड़ मची अब मैं क्या ही बताऊ मेरे हाथ का चलो फिर भी मैं वर्णन कर ही देता हूँ तो युद्ध के शुरुआत में कई सारे सैनिक हाथी घोड़े लेकर उधर से आते हैं <laughs> और कई सारे सैनिक इधर से हाथी घोड़े लेकर जाते हैं फिर दोनों सेनाएं आपस में टकराती है है, बाले है, है। खुपते हैं, खपा खप। करती है दुपा दुपा। ही है लपा लप। <laughs> कसम मुझे भी ऐसी कहानी लिखनी है मुझे भी ऐसी स्टोरी बनानी है और पढ़ के सुनानी है सबको यार असस के टमाटर फेंक के ना मार दी मुझ पे ऑसम, <laughs> ऑसम दोस्तों मैं आपको बताऊं प्यार वगैरह के चक्कर में बिल्कुल मत करना क्या हुई साले ने अपना नरे ब्रांडेड होगा दो यार भाई बंदी के चक्कर में नस काट ली इसने अरे नस तो हर कोई काटता है वो काटे तो मानू मैं ऐसे कहना चाहता हूँ तू तो तो हाथ क्यों काट रहा है वो ही काट लेना यार क्या मतलब है हाथ काट के तू हाथ काट लेगा फिर मरना ये वो काट लेगा तो भाई छक्का बन के घूमेगा पैसे तो कमाएगा कितना अच्छी बिजनेस साइड है ना ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा मैं भी यार प्यार में था मैंने हाथ नहीं काटा मैंने ठुकरा किया उसका प्यार फिर इतने काम देखेगी वो गाना सुना फिर भाई मेरे अंदर जोश आ गया और मैं आज यूट्यूबर बन गया ऐसी कुछ कहानी नहीं है मेरी यूनिक कहानी है मेरी कभी फुर्स में सुनाऊंगा वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना चैनल पे सब्सक्राइब कर देना और साथ में बेल का गंदाबा देना और ऐसे देखेंगे मेंस यार ओके बाय